आज आपको हम सिखाएंगे एक्सेल में रसीद कैसे बनाते हैं जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो कस्टमर को रसीद देनी होती है तो वो रसीद हम कैसे बनाएंगे सामान समाते हम किसी सामान पर टैक्स लगाते हैं टैक्स लगाने के बाद में कितना उसका मतलब पेमेंट होता है कितना उसको देना होगा कस्टमर को वो आज आपको सिखाएंगे इसमें तो सबसे पहले एक्सल को ओपन कर लेना है यानी सर्च बॉक्स में कहीं से भी आप एक्सेल को ओपन कर लेंगे अपने लैपटॉप से या फिर आपके पास डेक्स्टाप होगा वहां से भी आप कर सकते हैं तो एक्सल तो जैसे कि आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक्सेल का जो सीट है यानी स्क्रीन है वो दिखाई देगा तो यहां पे हम जाएंगे किसी भी सर्च से आप स्टार्ट कर लेंगे यानी जैसे मानते हैं कि हमको पहले ऐसे हमने टाइप किया सीरियल नंबर उसके बाद फिर अगले कॉलम में हम लिखते हैं प्रोडक्ट नेम यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस बीच में तो आपको इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसके बाद फिर ये है कि क्वांटिटी हम देते हैं सामान का फिर अगले कॉलम में रेट देते हैं मतलब कितने रेट का है सामान आपका फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे लगाएंगे टैक्स यानी जो भी उस पर ब्याज लगेगा सामान पे अगले कॉलम में हमको देख लेना है नोटल तो यहाँ पे हम आएंगे तो आपको हम दो तीन सामान का नाम भी करके दिखा रहे हैं बाकी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं तो प्रोडक्ट नम इसमें प्रोडक्ट नेम में ने हम आएंगे जिसे मानते हैं कि हमारा डब जो तो साबुन है वो हो गया जैसे मानते है कि मान लेते हैं कि हम कोई सामान और ले लेते हैं पेड़स ले लेते हैं या फिर मान लेते हैं मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं जिसमें सरसों का तेल है तो यहाँ से सामानता है कि हम कन खरीदते हैं मतलब ऐसे ही आप कोई भी सामान जैसे आप मिसार के पास स्टोर है मेडिकल स्टोर है तो यहाँ पे मेडिसिन का नाम लिखेंगे किराया स्टोर और किरा स्टो का सामान लिखेंगे अगर जो आपके पास वहाँ स्टेशनरी दुकान आप खुलेंगे काफी का तो वहाँ पर काफी किताब का मतलब प्रोडक्ट नहीं ले उसके आप आधार पर लिखेंगे जो भी आपका दुकान आपके पास होगा तो ऐसा ही आप कर सकते हैं उस बात जैसे माध्यम यहाँ पे ट्रैक रखते हैं हलमंड अब यहाँ से जैसे आपको ये हेडिंग्स जो है डार्क करना है तो यहाँ से आप सस्ट करके और यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे भी लिखा है यानी जो आपका बोल्ड का ऑप्शन है वो आप ले लेंगे यहाँ से जो शर्ट कर लेते हैं ना उसके बाद यहाँ पर जहाँ बोल्ड दिखता है उसको टच कर देंगे थोड़ा सा ये आपका बोल्ड हो जाएगा थोड़ा तो मोटी में दिखाई देगा उसके बाद और तो जो आपको ये सामान भी इंडिकेट करना है तो इसको भी बोल्ड कर लीजिएगा थोड़ा और यहाँ से आप समाधान जो हमारा डब है उसका हमको क्वानिटी देना है यानी कितनी मात्रा यानी कितनी मात्रा में आप ये समझते हैं कि हम डब सौ पीस रहे हैं तो यहाँ पर आप सौ टाइप का दीजिएगा पेयरस इसमें समाते हैं कि हम सौ ले रहे हैं पचास पीस यहाँ पे पीस उस आप आगे मंडली के फार्मूला सपोर्ट नहीं करेगा अच्छर को तो इसलिए हम नंबर टाइप कर रहे हैं वो खाली आप ऐसे ही जानेगा कितना होगा अगर आपको ये सब लिखना है कि सौ पीस है 50 पीस है तो आपको उस पे अलग, अलग पर फार्मूला अपने हिसाब से मतलब अलग प्रक्रेशन करके इसमें आपको रेट कितना होगा टोटल कितना होगा तो इसमें हम आपको फार्मूला सही दिखाएँगे इसलिए हमें यहाँ पर मतलब सौ पीस जैसे ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि वो नंबर ही दे रहे हैं समाते हैं मस्टर्ड है तो आप समझिए कि मतलब दस यहाँ की दस लीटर समाते हैं कि हम हज़ार पर ले रहे हैं अलबन ड्रॉप जो है हमारे समझ में है कि हम पचास बीस भी, भी ले रहे हैं और समाधिक डब हमारा पैंतीस रुपये का आता है ये हम कोई तो करेक्ट रेट नहीं रहे हैं, जो दिन मार्केट का होगा जब आप बनाएंगे रसीद तो आप ले सकते हैं उसको तो तो समाधान है कि पैस हमारा चौंतीस रुपये का है या फिर का ही है तीस कर देंगे मशुरा इस समाते हैं लीटर का दाम एक है तो एक कर देंगे जो उसके बाद हमको यहाँ हम पर चनी सामाना पाँच रुपए का है तो पाँच रुपये तो लिखेगा हलमंड्रॉप का सामान देते हैं बीस रुपये का एक पीस है तो बीस का देंगे अब मान लेते हैं कि सभी सामान पे हम देते हैं टैक्स पाँच परसेंट सभी सामान पे एक रेट तो यहां से आप इसको सेलेक्ट करके और जैसे ही यहां पतला पलस करने का जो खींचेंगे वो सब में पाँच परसेंट आ जाएगा अब हमको इसका टोटल ज्यादा जितना होगा तो यहाँ से हम इको लगाएँगे और क्वान्टिटी का जो एड्रेस है यानी क्वांटिटी के ऊपर देखिए यहाँ पर सी लिखा है और इस कॉलम में आप आएंगे तो सी सिक्स लिखा है ये सी सिक्स बूढ़े यानी क्वांटिटी और रेट का बुरा होगा तो आपका टोटल आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेगा रेट के ऊपर इसमें एडस डी है ओडस सिक्स है डी सिक्स करके हम जैसे हिंटर में आएंगे तो लिखेगा पैंतीस सौ रुपये जो है वो आ गया क्वान्टिटी सॉरी टोटल अब अगर जो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं जैसे मानते हैं कि हम आपको यहां करके दिखा रहे हैं इक्वल ऐसे मानते हैं कि सौ पीस ऐसे तो 100 बड़े पैंतीस कर देंगे तो भी आप करेगा लेकिन आप दिखेगा दोनों में अंतर आपको दिखाते हैं यहां से जो आप देख रहे हैं इन दोनों का जो आपका 35 सौ दोनों में अंतर आपको दिखाते हैं कि जैसे एक माओ से खींचेंगे तो अलग लगा एक नहीं खींचते तो तो हैं तो दिखा ऐसा आएगा जैसे हैं हम इस पर जाते हैं हमने इस पर फार्मूला लगाया था जब ये पतला प्लस बनेगा यहाँ पे तो हम खींचते हैं देखिएगा सभी का जो है रेट अलग अलग, अलग, अलग, अलग, अलग, अलग अलग आ गया है नहीं यानी सबका अलग आया और ये हमने इसको नंबर से लिया था तो नंबर का जब हम खींचेंगे तो उसका एक ही रेट सभी का आएगा क्योंकि तो फार्मूला अलग, अलग अलग दिखाता है और जो आपने यहाँ पे नंबर हमने दिया था सौ बड़े यानी कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सामान का जो है क्वान्टिटी और रेट सेम ही होगा इसलिए आप फार्मूला सही करिएगा तो बेटर बढ़ेगा जल्दी आएगा अब दिखेगा कि हमारा हो गया अब मान लेते हैं कि हमको इसका टोटल चाहिए कि कितना इसका टोटल होता है इसके लिए हम जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल और आगे जाएंगे तो इसको हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जोड़ेंगे कैसे एक और रिपोर्ट में बताया था तो इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा और ऊपर यहाँ जब जाएंगे यहाँ दिखेगा आपको अभी दिखाई देगा सम का दिखेगा यहाँ पर आठो सम का चिन्ह बना है इसी ऑप्शन को तो आपको टच करना होगा वो आपका जो ऑटोसम सिग्मा का है उसको टच करना होगा तो यहाँ सेलेक्ट करके हम जाएंगे और देखिएगा इसको जैसे ऑटोसम करेंगे सभी जोड़ के बता दिया 12900 हज़ार नौ सौ रुपया कि मानते केवल टैक्स जानना होगा तो टैक्स के लिए हमारा जो ये टोटल है ये 12900 जो इसमें लिखा है ये देखिएगा यही आपका जो बारह लिखा है इतना इसे हमको बुरा करना है तो जिससे मानते हैं कि हम कर देते हैं इक्वल 12,900 हज़ार अब जितना आपका ये परसेंट लगाया गया है वो हमको देना है पाँच डिवाइड अंडर जाने सबसे आप भाग कर देंगे हमारा तो छः सौ पाँच रुपया सभी सामानों पे टैक्स हो गया है अब समानते में हमको ग्रांड टोटल जानना है तो ग्रांड टोटल के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इक्वल बारह प्लस जो आपका ये है छः सौ टैक्स जो है उसको भी लिख के हम फूसर मारेंगे तो हमारा तेरह पे हमारा जो है ग्रांड टोटल हो गया है अब देखिएगा टोटल यहाँ पे निकला है उसके बाद आपका ये यहाँ पे टैक्स निकल गया है ग्रांड टोटल भी निकला है अब आपको हम पूरा रिपोर्ट एक बार फिर से सिक्वेंस में मेंटेन करके दिखाते हैं कैसे आपका ये होगा तो जितने में आपका ये यह रिपोर्ट यहाँ पर हम जाएँगे और यहाँ पर माजान सेंटर की हमने पिछले दिनों में बताया भी है यहाँ से एक बार आपको करके दिखा दे रहे हैं मतलब कि जब मज सेंटर पे आप जाइएगा इसको टच करेंगे तो जो पूरे सल हैं तीन चार जो हमने सेलेक्ट किए थे अभी वो आपस में जुड़ जाएंगे देखिए जैसे ही हम इसको टच करेंगे इसको ड्रैग करके जाना है और यहाँ से मरजन सेंटर करना है तो इमर्जन सेंटर कर देंगे और यहाँ पर आप उस दुकान का नाम लिखिएगा जो भी आपका शॉप हवाई सामान था कि हम लिख रहे हैं अजय जनरल स्टोर ग अब इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ आप जाएंगे बॉर्डर पे हमने बताया था साल बॉर्डर करिएगा और एक कर देंगे थिक बॉक्स बॉर्डर यानी मेन बॉर्डर एक आ जाएगा तो अब देखिएगा ऐसे आप आगे अगर जब आपको इस मैट्रस को कलर में करना हो तो कलर आप ले लीजिएगा सेलेक्ट करके जैसे ही आप इस पे जाएंगे देखिएगा ऐसे जनरल स्टोर गोडा वो कलर में हो गया है अब इसका आपको प्रीव्यू करके दिखा रहे हैं तो प्रीव्यू के लिए हम जाएंगे इस बटन पे जाएंगे प्रिंट पे टच करेंगे प्रिंट प्रिव्यू देखेंगे तो दिखिएगा रिपोर्ट आपको जैसे हमने बनाया था एकदम तो बेहतरीन ढंग से आपका दिखाई दे रहा है जैसे ही ऐसे ही आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को देख सकते हैं तो फ्रेंड अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एक सब पे मतलब मेडिकल रिपोर्ट या फिर टेलीफोन बिल कैसे बनाते हैं उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही साथ वीडियो को लाइक और था कमेंट भी कर लेंगे यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट के बॉक्स में हमको आप सुझाव दे सकते हैं या अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा